और ये जो शब्द हैं जज्बात हैं ये खास हमारे आकश भाई के लिए आकश भाई गौर फरमाइएगा तो शुरू करता हूँ मैं सब्र करता रहा मैं सब्र करता रहा वे सबरी मुझे तोड़ती रही मैं सब्र करता रहा वे सबरी मुझे तोड़ती रही बिखर रहा हर रोज टुकड़ों में बिखर रहा हर रोज़ टुकड़ों में एक तेरी उम्मीद मुझे जोड़ती रही बिखर रहा हर रोज टुकड़ों में एक तेरी उम्मीद मुझे जोड़ती रही और जो समा गया आकर भाई ध्यान देगा और जो समा गया उस समय की भी क्या बात रही जो समा गया उस समय की भी क्या बात रही मैं भी बिगड़ता रहा वो भी सिसकती रही मैं भी, भी करता रहा और वो भी सिसकती रही और निकला था जिन से किसी रोज मैं हँसता क्या निकला था जिन से किसी रोज मैं हँसता आज हम गलियों में मेरे आने की पाबंदी हो गई जन गलियों में मेरे आने पर पाबंदी हो गई और क्या समा बनाया इस दुनिया की दुनियादारी ने क्या बताऊं भाई कि क्या समा बनाया इस दुनिया की दुनियादारी ने मैं हाथ जोड़ता रहा और पूरी कायनात मुझे झंझोड़ती रही मैं हाथ जोड़ता रहा और पूरी कायनात मुझे झंझोड़ती रही और राकाश भाई क्या मालूम वो, वो, वो कैसे लोग होंगे क्या मालूम वो कैसे लोग होंगे उस गली से जो गुज़रते रोज़ होंगे क्या मालूम वो कैसे लोग होंगे उस गली से गुज़रते जो रोज़ होंगे बड़े हों लाख ठाट महल के शहनशाह नवाज़ हो बड़े हों लाख ठाट महल शहन शाह नवाज बो पर आकर भाई हमसे से मोहब्बत क्या खाक करते होंगे पर हमसे से मोहब्बत क्या खाक करते होंगे